एक हो जाए हाँ भैया कि चप्पल छोटी हो तो पाओ में नहीं आती चप्पल छोटी हो तो पाओ में नहीं आती और गर्ण मोटी हो तो बाहों में नहीं आती गर्लफ्रेंड के लिए कुछ हो जाए गर्ड के लिए सिर्फ मेरे लिए जीती है कहती है की सिर्फ मेरे लिए जीती है सारा मच्छर को ये ही बदला है उससे ज्यादा खून तो गर्लफ्रेंड पीती है कुछ हो जाए एक्स के लिए क्या आगे चलता रहता हूँ कभी पीछे नहीं देखता आगे चलता रहता हूँ कभी पीछे नहीं देखता और वो पूछती कि याद आती है मेरी सोरी मैं फ्लस करके नीचे नहीं देखता oh, oh, oh, oh, oh... हो जाए शायरी हाँ भैया की कि अलग किस्म का सुरूर इस दुनिया पर है छाया अलग किस्म का सुरूर इस दुनिया पर है छाया साला हर कोई यही बोल रहा है। मेरे बाबू ने थाना थाया